अर्घ पात मंगाई के ठेकुआ सजाई के और पात मनाई के ठेकुआ सजाई के आज हलदी का आज हलदी का अरे आइए दादा दा अरग सम्हारी आइए दादा अरग सम्हारी पूजा क बाबा अरक सं पूजा छठी के मैया बाबा नदी घाट पे आई के पूजा कई छठी माई के नदी घाट पे आई के पूजा कई छठी माई के चार दिन से जबत तो पक चार दिन से जपत पकैनी सेवा के अरे आइए दादा <ंगी> बाबा और कमारी पूजा कनी कठ मैया बाबा